नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है तीन मई दिन बुधवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू की एडीएफओ भर्ती आवेदन प्रक्रिया कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श आधे घंटे में एफ और पंद्रह मिनट में पुलिस वेबसाइट आरोप कॉपी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया अब चलिए बढ़ते हैं बिहार कैब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू की एडीएफओ भर्ती आवेदन प्रक्रिया बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक डिग्री लेना अनिवार्य है साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम ऐसी कम दस वर्ष का अनुभव रखना हो उम्मीदवार के आयु अगस्त 2023 को 40 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट बीपीएस बी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई 2023 तक निर्धारित की गई है कैबिनेट दें। की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है बता दें कि बीते दिन हुए इस कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से राज्य में एक दशमलव सात आठ लाख शिक्षकों की बहाली आरोप मुहर लगा दी गई है और साथ ही बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए मूल वेतन पर भी मुहर लगा दी गई है इसके अलावा बीते दिन के बैठक में वित्त को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष दो हजार चौवालीस हजार करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल उनचास हजार तीन करोड़ रूपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी मंजूरी दे दी गई है और बयालीस अरब इकहत्तर करोड़ सोलह लाख की राशि से दो पंचायत सरकार भवन निर्माण को भी स्वीकृति दे दी गई है वही इस बैठक में बिहार के गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल से पुराने व्यवसायिक वाहनों को 1 अक्टूबर 2023 से बंद करने का भी निर्णय लिया गया है इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी बिहार सरकार के द्वारा मुहर लगाए गए हैं बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे मनीष झा के बारे में मनीष झा का जन्म आज ही के दिन 1978 में हुआ था यह एक भारतीय फिल्म लेखक और निर्देशक है मालूम हो कि मातृभूमि जैसे फिल्म के लिए जाने जाते हैं इन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है मनीष झा ने पांच मिनट की लघु ए वेरी वेरी साइलेंट फिल्म बनाई जिसने दो के कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ज्यूरी पुरस्कार जीता जिसके बाद उन्होंने मातृभूमि के साथ कन्या भ्रूण हत्या के प्रभावों के बारे में अपनी फीचर शुरुआत की जिसने कई पुरस्कार और आलोचनात्मक हासिल की दो तो हजार के वे फिल्म समारोह में इसे समालोचक सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था और बाद में महिलाओं के मुद्दों पर इसके महत्वपूर्ण विषय और पहली बार निर्देशक द्वारा संवेदनशीलता के साथ कन्या भ्रूण हत्या के लिए एफ आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2008 तो में उन्होंने ग्यारह निर्देशको के साथ एंथोलॉजी फिल्म में खंड शीर्षक का निर्देशन किया मुंबई कटिंग जो दिल्ली में दसवे ओशिया की समापन फिल्म बन गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श अगर आप भी बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर आप किसी ऐसे सुदूर इलाके में रहते हैं जहां से अस्पतालों की दूरी काफी है तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं यानी कि आपको डॉक्टर को किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं देनी होगी मालूम हो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करके दी गयी है शेयर किए गए इस पोस्ट के अनुसार यह सुविधा लोगो को सोमवार ऐसी लेकर शनिवार तक कार्य दिवस के दौरान सुबह नौ बजे ऐसी शाम चार बजे तक उपलब्ध होगी वही इस दौरान निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए आपको स्वास्थ्य उप केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ए एन से संपर्क करना होगा इसके साथ ही अगर आपको इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए या इससे जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत करनी है तो आप निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं जातीय गन्ना रोकने पर सुनवाई आज भी जारी बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी मालूम हो की बीते दिन हुए सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया की जातीय गन्ना कराने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह असंवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है उन्होंने बताया कि इस तरह का सर्वेक्षण प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार की सख्ती के अंतर्गत आता है बता दें कि अब इस मामले आरोप अगली सुनवाई आज यानी की 3 मई को भी जारी रहेगी राज्य का पहला औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहभागिता से बिहार के गया के डोभी में राज्य का पहला और देश सब का सबसे डेवलप औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है बता दें कि यह पार्क का निर्माण राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की राशि से एक एकड़ जमीन आरोप बनाया जा रहा है मालूम हो की जिला प्रशासन के द्वारा इस पार्क के निर्माण के लिए भू अर्जन का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे दो महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस काम के खत्म होने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की शुरुआत कर दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए के लिए लिए बता दें कि पार्क विकसित करने नेशनल हाईवे दो से भी इसे जोड़ा जाएगा और साथ ही यह भी योजना बनाई जा रही है कि इसे रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाए आधे घंटे में एफ और पंद्रह मिनट में पुलिस वेबसाइट पर कॉपी बिहार के डीजीपी जी आर एस भट्टी के द्वारा ए डी और एसपी रैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई जिसमें बिहार की विधि व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा की गई और साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए गए मालूम हो कि इस बैठक के दौरान डीजीपी जी आर एस भट्टी के द्वारा बैठक में एफआईआर में होने वाली देरी को लेकर नाराजगी जताई गई और कहा गया की कि किसी भी फरियादी का एफ आधे घंटे के भीतर होना चाहिए और एफ होने के पंद्रह मिनट बाद इसकी कॉपी एस सी या एफ पर अपडेट होनी चाहिए इसके अलावा जिस व्यक्ति के द्वारा एफ करवाई गयी है उसको कॉपी तुरंत उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए सब के साथ डीजीपी के द्वारा उनके लिए भी निर्देश दिया गया है जो पुलिसकर्मी पति पत्नी अलग अलग स्थानों पर तैनात है उन्हें एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा और साथ ही इस पर अधिकारियों से सुझाव भी मांगा गया है दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल प्लान बनकर हुआ तैयार 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट को एक बार फिर से लोगों के लिए खोलने के बाद लगातार एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधा के विस्तार की मांग होती आ रही है वहीं अब इस दरभंगा एयरपोर्ट का ले प्लान बनकर तैयार हो चुका है बता दें कि इस ले के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट का स्थायी सिविल टर्मिनल का निर्माण एकड़ में किया जाएगा और यह एयरपोर्ट के दक्षिण होगा जो की नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा दी गई 24 एकड़ की अतिरिक्त जमीन पर रनवे का विस्तार और टेकऑफ और लैंड करने की सुविधा के लिए आईएलएस सिस्टम लगाया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए टर्मिनल भवन की ब्लूप्रिंट के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट का मुख्य टर्मिनल का निर्माण दो फेज में किया जाएगा जो कि छियासठ वर्ग मीटर में बनाया जाएगा और सालाना बयालीस लाख यात्रियों की क्षमता होगी वहीं व्यस्तम अवधि में यहाँ से एक साथ दो से पाँच यात्रियों की आवाजाही हो सकती है पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुजाता घर के बारे में भारत के बिहार राज्य के बोध में गांव के उत्तर में स्थित एक स्थल सुजाता घर को दिखाया गया है इसका नाम ग्राम प्रधान की बेटी सुजाता के नाम पर रखा गया है आप एक स्तूप देख सकते हैं जो जमीन से 11 मीटर ऊंचा है जिसे की में बनवाया गया था ऐसा माना जाता है की बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले इस स्थान पर आए थे और सुजाता ने उन्हें दूध चढ़ाया था स्तूप को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक स्थान पर आते हैं स्तूप के ऊपर से पूरे गाँव का दृश्य मनोरम है स्तूप के शीर्ष पर स्थित वृक्ष भी बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है लेकिन स्मारक की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि संबंधित लोगों द्वारा इसकी परवाह नहीं की जाती है बिहार के इस की प्रतिभा ने दी नासा में दस्तक बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल के 12वीं पास छात्र का चयन नासा के एक मिशन के लिए किया गया है बता दें कि इस युवा का नाम दिव्य प्रकाश है जो नासा को बताएंगे कि मिशन मून के लिए योजनाओं को सफल कैसे बनाया जाए बता दें कि दिव्य प्रकाश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 जून 2023 को नासा की ओर से मिशन मून दो के कार्यशाले का आयोजन किया गया है जिसमे आगामी मिशन को लेकर युवाओं से विचार लिए जाएंगे दिव्य प्रकाश बताते है की उनकी रुचि सातवीं कक्षा से ही रोबोटिक्स और एस्ट्रो में थी उन्होंने डिफेंस के लिए अभिमन्यु रोवर भी काम किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया था कि आईटी के जरिए दुश्मनों पर खुद बमबारी होने लगे फिलहाल छात्र की सफलता ऐसी जिले के पूरे लोग खुश हैं। ओ डी प्लेटफॉर्म पर सोनाक्षी सिन्हा की ये वेब सीरीज मचाने वाली है धमाक अगर आप भी उन दर्शकों में हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के दीवाने हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि इस महीने यानी कि मई के महीने में आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज मिलने वाले हैं इनमें तो हिंदी कोरियन अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के वेब सीरीज शामिल है जिनमें आपको पांच मई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डिम्पल कपाड़िया के अभिनय से भरी सास बहु और फ्लैमिंगो देखने को मिलने वाला है वही बारह मई को अमेजन प्राइम पर सोनाक्ष सिन्हा की दहार और बारह मई को ही जी प्लेयर पर ताज सीरीज का दूसरा सीजन भी देखने को मिलने वाला है इसके अलावा अठारह मई को नेटफ्लिक्स पर जो किटी और पच्चीस मई को Netflix पर नई सीरीज फूबर स्ट्रीम होने वाला है वह इस महीने का सबसे अंतिम सीरीज Netflix पर रिलीज होने वाला है वह ब्राइट गटन की स्पिन ऑफ स्टोरी है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य में बारिश के आसार बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है पलटी मार सकता है विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश हवा और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है की प्रदेश के उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के एक से दो स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की संभावना है इधर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है साथ ही इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलने वाला है विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर बिहार में आकाश में बादल छाये रहने की संभावना है साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की हल्की बारिश होने की संभावना जताई गयी है बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है इस दौरान हवा की रफ्तार बारह ऐसी सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसी चलने की बात कही जा रही है बिहार में खेड़ और महुआ जैसे कई पेड़ हो रहे वो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव के गणेश कुमार के द्वारा स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है कि राज्य के गैड वन क्षेत्रों में पिछले दस वर्षों में खैर और महुआ के पेड़ में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी आई है जो हमारे लिए और राज्य सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए एक बेहद चिंताजनक विषय है वही उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन पेड़ों की उपलब्ध संख्या का पता लगाने और राज्य में गैर वन क्षेत्रों में उनकी संख्या में कमी आने के कारणों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करने भी विचार किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों पे राज्य के जनस्थानों पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उनमें जमुई बांका नवादा गया रोहतास कैमोर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के वन क्षेत्र शामिल है कई जनस्थानों पर इन पेड़ों की संख्या में गिरावट देखी गई है उनमे दरभंगा मधुबनी सहरसा मधेपुरा सुपौल बेगूसराय कटिहार अररिया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पूर और पूर्णिया जिले के वन क्षेत्र शामिल है पी किसान सम्मान निधि योजना की चौदवी किस्त को लेकर बड़ा अपडेट अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौदवी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस चौदवी किस्त से कई किसानों के नाम को हटाया जा सकता है इसके लिए सरकार की ओर से भूलेखों का सत्यापन किया जा रहा है अगर कोई किसान यह जानना चाहता है की उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौदवी किस्त मिलेगी या नहीं तो वह इस बात की जानकारी किसान ऑफिशियल वेबसाइट पी पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में देख सकते हैं मालूम हो की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चौदवी किस्त का भुगतान मई के महीने यानी कि इसी महीने किया जा सकता है लेकिन फिलहाल इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है हालांकि इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों को केवाईसी करवाने की के भी जरूरत होती है बारह पटना आएंगे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से ऐसी खबर चल रही थी कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना में आने वाले हैं वहीं अब पर बीते दिन मंगलवार को समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर धीरेन्द्र शास्त्री के होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दे दी गयी है उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम तेरह मई ऐसी सत्रह मई तक शाम चार बजे ऐसी लेकर सात बजे तक नौबतपुर में आयोजित किया जाएगा इसके लिए तीन लाख स्क्वायर फीट में दाल बनाया गया है वहीं पार्किंग की व्यवस्था 15 लाख स्क्वायर फीट में की गई है बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान भक्तों के लिए भंडारी की व्यवस्था की जाएगी इस कार्यक्रम में 14 मई को सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं वहीं 15 मई को दिव्या दरबार लगेगा जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री प्रचार निकालेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम ऐसी एक दिन पहले यानी कि बारह मई को करीब इक्यावन महिलाएं कलश में गंगा लेकर हाथी घोड़ा और बैंड बाजे के साथ निकलेगी गेहूँ की खरीद में बिहार समेत ये राज्य रहे पीछे भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष गेहूं खरीद को लेकर खासी चुनौतियों से जूझ रहे हैं दरअसल इस साल केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी खरीद के माध्यम से तीन शून्य लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था लेकिन गेहूं की खरीद में सुस्ती होने के कारण इस लक्ष्य को पूरा करने में भारतीय खाद्य निगम को मुश्किल आ रही है बता दे की एक तरफ जहाँ पंजाब मध्य प्रदेश और हरियाणा में गेहूँ की खरीद में तेजी देखी जा रही है तो वही दूसरी ओर बिहार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूँ की सरकारी खरीद में सुस्ती बनी हुई है बता दें की अब तक पंजाब मध्य प्रदेश और हरियाणा में 223 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है वहीं केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद में तेजी लाने के लिए 500 नए केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है और साथ ही जिला मुख्यालयों ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्तर पर भी गेहूं की सरकारी खरीद की अनुमति दे दी गयी है झारखण्ड सीएम ऐसी मिले जदयू अध्यक्ष ललन सिंह एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं उनके इस पहल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा झारखण्ड की राजधानी रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की गयी बता दें ललन सिंह के द्वारा इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया हालांकि माना यह भी जा रहा है की जिस विपक्षी एकता के पहल पर सीएम नीतीश काम कर रहे हैं उसे ललन सिंह द्वारा साकार करने की कोशिश की जा रही है इसके साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही हेमंत सोरेन और उनके पिता सिबू सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने के पक्ष में लगवाए नारे बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सीएम बनने के पक्ष में नारे लगवाए गए उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम कैसा सी हो सम्राट चौधरी जैसा हो इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा की बिहार में भी योगी जैसे सीएम की मांग है आपकी जानकारी के लिए बता दे की यह सभी बातें गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अभिनंदन समारोह के मौके पर कही गयी थी इसके साथ पीएम पीएम मोदी को लेकर कहा कि की कुर्सी पर सुपर इंसान बैठा है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है जिस दिन से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया है तब से लगातार उनके सीएम बनने के नारे लगाए जा रहे हैं टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया आईसीसी के द्वारा ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है जिसमें सबसे पहले पायदान पर टीम इंडिया को स्थान मिला है बता दें कि अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भी नहीं खेला गया है और टीम इंडिया सबसे टॉप पर पहुंच गई है जिससे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है दरअसल जारी किए गए इस नए टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ है क्यूँकी ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे वक्त से नंबर एक पर बना हुआ था लेकिन अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया से उसका यह ताश छीन लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर आरोप आ चुका है मालूम हो की भारत को पच्चीस मैचों में तीन हजार में वहीं उसकी रेटिंग 121 है आपकी जानकारी के लिए बता दी सात जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है मालूम हो कि इस मैच में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में मैदान में उतरेगी वहीं ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कप्तानी में फाइनल मैच खेलेगा भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश 1913 को प्रदर्शित हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्नीस में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस 2008 में प्राप्त हुआ पाकिस्तानी जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को फांसी की सजा दो को अनिश्चित समय तक टाली गई दो में तिरसठवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें मनोज कुमार अमिताभ बच्चन और कंगना राणावत सम्मानित हुए स्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतज्ञ सुमित्रा सिंह का जन्म 1930 में हुआ प्रसिद्ध राजनीत उमा भारती का जन्म 1955 में हुआ गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित समान फिल्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म 1977 में हुआ भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन उन्नीस को हुआ भारतीय अभिनेत्री नरगिस का निधन उन्नीस को हुआ झारखंड में आज हम बात करेंगे सोलर स्टोव के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच को ये जरूरी नहीं है आज हम बात करेंगे सोलर स्टोव के बारे में दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया गया है कि फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकार फ्री में सोलर स्टोव देगी जिसकी दस साल की गारंटी होगी पी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है की दावा फर्जी है केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है व्हाट्सएप ने भारत में सैंतालीस लाख से अधिक अकाउंट्स को किया बैन व्हाट्सएप के द्वारा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच प्लेटफॉर्म से आईटी रूल 41D 2021 के तहत कुल सैतालीस लाख पंद्रह इंडियन अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है जिसमें से सोलह लाख उनहत्तर अकाउंट व्हाट्सएप ने खुद अपनी पॉलिसी के तहत बैन किए यानी इन अकाउंट्स के खिलाफ कंपनी को, को कोई शिकायत नहीं मिली थी लेकिन ये व्हाट्सएप के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे जिसके चलते इन अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया है लेटेस्ट सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप को मार्च महीने में 4,720 शिकायतें मिली थी जिनमें से चार शिकायतें अकाउंट्स बैन के लिए थी इनमें से केवल पांच के, के खिलाफ ही व्हाट्सऐप ने कार्रवाई की और संबंधित अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से बैन किया बता दें कि आई नियम दो के मुताबिक जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। उन्हें हर महीने सेफ्टी रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है, जिसमें कंपनी को मिली शिकायतें और एक्शन के बारे में जानकारी देनी होती है मार्च महीने में व्हाट्सएप ने 4.7 मिलियन अकाउंट्स पर कार्रवाई की है परिणत चोपड़ा और राघव चड्डा के एंगेजमेंट को लेकर सामने आई ये डिटेल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस परनीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्डा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं दरअसल जब से इन दोनों को लंच और डिनर करते साथ देखा गया है तब से लगातार इनके अफेयर और फिर शादी की खबरें सामने आ रही है वहीं अब एक बार फिर इन्हें लेकर एक नई खबर सामने आई है दरअसल इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार परनीति चोपड़ा और राघव चड्डा आने वाले तेरह मई को रिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं हालाकि अब तक इस खबर को लेकर आधिकारिक तौर पर प्रणिति चोपड़ा या राघव चड्डा के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है मालूम हो की इंडिया टूडे की रिपोर्ट में यह जानकारी है कि इन दोनों की सगाई की सगाई रस्में दिल्ली में होने वाली है हालांकि इससे पहले यह भी खबर सुनने को मिली थी कि इन दोनों ने रोका सेरेमनी कर ली है और अब अक्टूबर में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तेरह और चौदह मई को होगी आरजेडी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इजाज़ अहमद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तेरह और चौदह मई को राजद के द्वारा अपनी युवा शाखा के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है बता दें कि इस मीटिंग का संबोधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें की तेरह मई को राज्य के युवा राजद के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गयी है वही चौदह मई को होने वाली मीटिंग पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के लिए राजद कार्यालय में बुलाई गई है बैठक में पार्टी की नीति को आम जनता के बीच ले जाने और साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने पर बात हो सकती है बिहार के इन दो शहरों में 15 साल से पुराने वाहनों के संचालन पर लगेगी रोक बिहार सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है दरअसल इस फैसले में यह कहा गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां अब धर्म की नगरी गया और मुजफ्फरपुर में नहीं चलेंगी बता दें कि यह नियम फिलहाल भाड़ पर चल रही गाड़ियों पर लागू किया जाएगा ऐसे में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पंद्रह साल से ज्यादा पुराना है उन सभी व्यावसायिक वाहनों को एक अक्टूबर ऐसी दोनों ही शहरों में रोड आरोप चलने ऐसी रोक लगा दी जाएगी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला नीतीश सरकार द्वारा लिया गया है पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज योगेंद्र रजक कौशलेंद्र कुमार सिन्हा रियाज अली तबरेज आलम वेद प्रकाश सिंह रंजीत मिश्रा मोहम्मद सकीर हुसैन नगेंद्र महतो राजीव कुमार रेशम लोहानी नुनू गोलू कुमार अहमद ओम प्रकाश पासवान उमेश शिशिदेव इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के बाद आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज